नानी वाली कथा कहानी अब जग में लगे सुहानी बेटी योग नई बागे आओ लिख ले नई कहानी नानी वाली कथा कहानी अभी जग में लगे सुहरी बेटियों आओ लिख ले नई कहानी बेटियों में बेटा बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी पढ़ेंगे दिश बढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ गया अब तरुण जवानी नानी वाली कथा कहानी अभी जग में लगे सुहानी बेटे आधी शिक्षा दोनों शिक्षक पूरी शिक्षा हमने सोचा मनन करो तुम सोचो समझो करो समीक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी मानी वाली कथा कहानी अभी जग में सुहानी तो को सब कोई अनपढ़ होगा सबके हाथ ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी कलम की शक्ति जग जाहिल जानी पहचानी नानी वाली कथा कहानी अभी जग में लगे सुहानी मिटियोग पर्व है पूर्व पर्व है जन जन का सम्मान करे तो जन जन का उन्दार पर्व है सोन की चिड़िया जब बोले गिडी योग की हवा सयानी नानी वाली कथा कहानी अपी जग में लगे सुहानी